जय हिंद दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता है इनमें अंतर क्या है प्रायः या बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड में पांच अंतर बताइए तीन अंतर बताइए इस प्रकार से तीन नंबर और पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आइए आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियो और न्यूक्लियो के बारे में तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियो तो जैसे मान लीजिए यह कोई पेरेंट है या कोई पेरेंट है फर्टिलाइजेशन करने के दौरान यहां पर चाइल्ड का निर्माण करते हैं तो यह मान लीजिए बच्चा है तो मेंडल दादा ने क्या बताया था कि जो पेरेंट से चाइल्ड में लक्षण को लेकर जाता है उसे बोलते हैं फैक्टर या एलिमेंट फैक्टर या एलिमेंट बोले थे तो ये फैक्टर या एलिमेंट को आज के समय में हम लोग क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं ये जीन जो होता है या क्या है या न्यूक्लिक एसिड है यह न्यूक्लिक एसिड है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है या दो प्रकार का होता है एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म ऑक्सी राइमोज न्यूक्लिक एसिड और आर्यन ए का फुलफॉर्म आरएनए का फुल एसिड होता है तो जो डीएनए आरएनए होते हैं ये दोनों मिलकर के बने होते हैं पाली न्यूक्लियोसाइड से पाली न्यूक्लियो से मिलकर के ये बने होते हैं तो पाली न्यूक्लियोसाइड जो मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है जैसे मान लीजिए यह एक धागा है और इसमें न्यूक्लियो इस प्रकार के मोतीनुमा आकार में ऐसे इसमें जड़े रहते हैं तो इस प्रकार से सरसना जो होता है या होता है पाली न्यूक्लियोसाइड की और यहाँ पर एक ये जो सरसना है मोती जैसे इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड तो एक न्यूक्लियोसाइड यह हुआ एक न्यूक्लियो यह हुआ तो इसके बीच में जो बाड पाया जाता है और पाया जाता है फास्फोस्टर बाड बांड, बांड इसके इसके बीच में पाया जाता है यहां पर अब ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड हैं, तो ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड को मिला करके बोलते हैं पाली न्यूक्लियोसाइड और जो पाली न्यूक्लियोसाइड से बनता है वह बनता है डीएनए वह बनता है आरएनए और ये कैसे होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं तो अब आइए हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोसाइड की संरचना के बारे में और न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में इन दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं एक होता है पेंटोसुगर एक होता है पेंटोज सुगर और एक होता है नाइट्रोजनी बेस एक होता है पेंटोसुगर एक होता है नाइट्रोजनी बेस और जो न्यूक्लियोटाइड होता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें तीन प्रकार के अवयव पाए जाते हैं इसमें तीन प्रकार के अवयव एक होता है पेंटो सूगर एक होता है नाइट्रोजनी बेस और एक होता है फास्फेटी ग्रुप ये तीनों ये इसमें तीन अवय पाए जाते हैं इसमें दो अवयव पाए जाते हैं पेंटोसुगर नाइट्रोजनी में इसमें पेंटोसुगर नाइट्रोजनी बेस फास्फेट ग्रुप पाया जाता है तो पेंटोसुगर का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है पहले हम लोग आइए मान लेते हैं पेंटोसुगर डीएनए व आर में दोनों पाया जाता है तो हम लोग पहले डीएनए में जानते हैं तो पेंटो सुगर का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है डीएनए में यहाँ पर ओएस समूह जुड़ा रहेगा तथा यहाँ से एक ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा यहाँ से दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे तथा यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा यहाँ से ओएस समूह जुड़ा रहेगा यहाँ से सीएसटो इस प्रकार से डीएनए में सरचना होता है पेंटो सूगर का और अब आइए हम लोग आरएनए में पेंटो सूगर का सरचना जानते हैं तो आरएनए में पेंटो सुगर का सरचना इस प्रकार से होता है मान लीजिए हो गया यहाँ पर ओ एच OH, यहाँ पर हाइड्रोजन यहां पर भी ओ OH और हाइड्रोजन यहां पर भी हाइड्रोजन व ओ और यहां पर हो जाएगा सी तो या किस में पाया जाएगा पेंटोसुगर आर आरएनए में या सुगर किस में पाया जाएगा डीएनए में तो हम लोग डीएनए में पेंटोसुगर को पढ़ेंगे ना कि आरएनए में पढ़ेंगे क्योंकि तो जो निक्लोसाइड व निक्लोटाइड होते हैं वह डीएनए में पाए जाते हैं तो इसलिए हम लोग डीएनए में पेंटोस में को पढ़ेंगे आरएनए वाले पेंटोस वाले को नहीं पढ़ेंगे तो जो न्यूक्लियोसाइड की संरचना होता है इसमें दो ही अवयव पाए जाते हैं एक होता है पेंटोस पेंटोसुगर एक होता है नाइट्रोजनी बेस। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है यह ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर यह पेंटोसुगर का संरचना हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर जो ओ ग्रुप है ओ ग्रुप को हटा करके यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाता है तो यहाँ पर हो गया नाइट्रोजनी बेस और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा ओ ग्रुप अब एक हाइड्रोजन छोड़ दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है यहां पर हो जाएगा सी तो यह किसका सरचना हो गया यह सरसना होगा न्यूक्लियोसाइड का अब आइए हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा समूह पाया जाएगा पेंटोसुगर पहले पाया जाएगा तो पेंटोसुगर का सरचना इसमें भी यही वाला होने वाला है और इसमें जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है प्यूरिन एक होता है प्यूरिन और एक होता है पीरीमिडीन एक होता है प्यूरिन एक होता है प्यिमिडिन जो प्यूरिन होता है डीएनए व आरएनए दोनों में सेम रहता है डीएनए हो या आरएनए हो इसमें क्या पाया जाता है एडनिन ग्वानीन इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं जो प्यूरिन होता है या डीएनए या आरएनए दोनों में जो प्यूरिन होता है वह सेम होता है और जब पिरीमिडिन होता है इसमें डीएनए में अलग नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है और आरएनए में अलग नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है डीएनए में क्या पाया जाता है डीएनए में पाया जाता है साइटोसेन वाइमीन वा और जो आरएनए होता है इसमें साइटोसेन तो पाया जाता है लेकिन थाइमीन की जगह यहां पर यूरे सेल हो जाता है थाइमीन की जगह यहां पर यूरे सेल हो जाता है तो में और में डीएनए साइटोसिन व और आरएनए साइटोसिन व यूरे तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड के किस अवयव के द्वारा जो होता है डीएनए अलग होता है तो के द्वारा डीएनए को अलग किया जा सकता है क्योंकि आर पर डीएनए में साइटिन साइटोसिन व यूरेसिल पाया जाता है तो यहाँ से आरएनए अलग हो जा रहा है डीएनए अलग हो जा रहा है लेकिन प्यूरिन में डीएनए आरएनए सेम होता है तो के द्वारा डीएनए को अलग किया जा सकता है क्योंकि यहां पर डीएनए में साइटोसिन व थामिन पाया जाता है यहां पर साइटोसिन व यूरियासिल पाया जाता है फिर यहां पर एक और ग्रुप आ गया फास्फेटिक ग्रोग जिसका सूत्र होता है एच थ्री पीओ फोर और इसका संरचना आई हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर एक फास्फोरस है तो फास्फोरस को सेंट्रल एटम मानते हैं हो गया फास्फोरस फास्फोरस के में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया दो ऑक्सीजन हो गया तीन ऑक्सीजन हो गया चार ऑक्सीजन हो गया और यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे नहीं आए सीधा बना देते हैं यहाँ पर ओ हो जाएगा यहाँ पर ओ एच पर ओ और इनके इनके बीच एकल बाड होगा और इसके इसके बीच में डबल हो जाएगा। तो जो पीओर का सरसना होता है वह इस प्रकार से होता है तो अब न्यूक्लियोटाइड का सरसना किस प्रकार से होता है आइए ये, ये जानते हैं तो यहाँ पर पिंटो सुगर है तो आइए पिंटो सुगर को बनाते हैं जैसे मान लीजिए हो गया पेंटोसुगर या हो गया अब पेंटो सुगर यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रोजनी बेस हो गया यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर क्या हो गया OH हो गया यहाँ पर क्या हो गया CH2OH अब जो फास्फेटी ग्रुप है फास समूह है वो यहीं पर आकर के जुड़ेगा तो मान लीजिए यहाँ पर आइए इसे साफ कर देते ना तब समझते हैं अब जैसे मान लीजिए यहां पर यह हो गया पेंटो सुगर का सरसना इस प्रकार से यह ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर पेंटो सुगर का सरसना बन गया यह हो गया अब यहां पर क्या हो गया नाइट्रोजनी बेस हो गया यहां पर क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया यहां पर क्या हो गया ओ समूह हो गया यहां पर हो गया सी टू ओ अब क्या करेगा यह फास्फेट ग्रुप यहीं पर आकर के जुड़ेगा तो मान लीजिए यह क्या हो गया फास्फेट ग्रुप हो गया यहां पर डब एक बाड ओ फिर यहां पर सिंगल बाएच यहां पर सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ पर डबल वन डो तो आप देखें यहां पर दो ओ एच है तो यहां से यू ओ रिलीज हो जाएगा एच टू ओ यहां से रिलीज हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट संरचना कैसे बनेगा ऐसे ऑक्सीजन हो गया यहां पर क्या हो गया नाइट्रोजनी बेस हो गया यहां पर हो गया हाइड्रोजन यहां पर ओ एच यहां पर क्या हो गया सी एच टू यहां पर डबल यहां से क्या किया हाइड्रोजन यहां से क्या किया ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को निकल लेकर निकल गया तो यहां से जल जो है बाहर चला गया तो अब यहां पर एक ऐसा बांड बनेगा यहां पर बात डबल बा यहाँ पर ओ एच यहाँ पर ओ एच तो जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है और जो न्यूक्लियो की संरचना होता है और इसका सरचना इस प्रकार से होता है और न्यूक्लियोसाइड की संरचना इस प्रकार से होता है न्यूक्लियोसाइड मिलकर के पाली न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं पाली न्यूक्लियोसाइड मिलकर के डीएनए व आर एन ए बनाते हैं तो आप लोग समझ गए न्यूक्लियोसाइड वन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत